रंजू किया फोन करा बोला है के? हाँ रंजू अरे अरे अरे है तेरे कौन तो कोई को ये बात ही? राई की तो आवाज तो कर है आवाज तो कर रखी है बात तो बता फिर की आवाज कम हाँ कर लियो अब बता कम कर ली ने, जा तो साइड साइड में में? अरे तो तू तो तो बता दे अरे तू तो तू आ आ तो सही गयो साइड में ही बता अरे तो एक बार और देख ले कोई है तो लोन्ना अरे कोई को नहीं बुने तू तो बता दे अरे तन था रंजू तुम तो राखी पर विश्वास को नहीं? एक ही बात ने लीग को दियो तो तो तो खाली बता दे मोड़ो ना करे अरे मैं पूछ ले लिया रिश्ता गंटो जाए। आज रात क्यों क्या फोन अरे एनपी वो वो वो आपने सागे छोरो बनाई कमलो बिन जानेंगे हाँ जो तेरे यार ब्यावडो करनो कोई छोरी जान में छोरी अरे तू एक काम करे इंगा लगा के छिंकी चूरू घूम चकर छोड़िया तो दोस्तों आज एक बहुत ही धन्यवाद है और इनवाइट किया तो आंगो बहुत बहुत और आज की मारे वास्ते व्यवस्था जो जा रखी है थाने दिखा दिया एक बारे तो व्यवस्था है के सातवी जाएगी ना सात में कोई पाती में है तो बा पत्ती का मतलब ग्लेटिया करवाना है तो फिर तो कर दिया मैं बाकी थोड़ा सा बच रहे हैं